मित्रों आशा करते हैं आप सब सकुशल होंगे आज एक औषधीय ट्री की बात करेंगे इसको आप देसी बबूल इंडियन गम ट्री या अकोसिया नीलोटिका के नाम से जानते हैं यह मायमोसी कुल्का है इसके विभिन्न प्लांट पार्ट इसकी जो पौड आप देख रहे हैं इसके अंदर बीज इसके पत्र इसकी छाल विभिन्न पार्ट इसके औषधीय गुण रखते हैं इसके अंदर विटामिन बी वन बी टू बी थ्री विटामिन सी कैटेचिन कुरसटीन लिक्योसाइनटिन और इसके गोंद के अंदर गलेक्टोज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और इसके बीज के अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं यह है, बहुत सारे औषधीय गुण रखता है इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हम आपके सामने रखेंगे जैसे कि अस्थि भंग कई बार हड्डी टूट जाती है और काटलेज फट जाता है हीलिंग को बढ़ाने के लिए हमें इसके पत्र का डिकॉक्शन पीना चाहिए अगर छाल ना मिले तो छाल मिल जाए तो उत्तम होता है मुख गंध के लिए और मुख में अगर छाले हों गम ब्लीडिंग की समस्या हो तो उसके केस में हमें इसके पत्र चबा सकते हैं 10 से 12 एम जूस इसका बनाकर पी सकते हैं अतिसार की समस्या हो तो पत्तों के रस के साथ छाछ पीना चाहिए और अगर प्रवाहिका की समस्या हो तो इसके कोमल पत्र लेकर उसमें हमें इसका रस बना लेना चाहिए और हरड का चून मिलाकर छाछ के साथ सेवन करना चाहिए टॉन्सिल की समस्या हो तो इसके पत्र को लेकर क्वात बनाकर हमें कुल्ला करना चाहिए और रक्त श्राव की समस्या हो शरीर के किसी भी अंग से रक्त बहता हो तो हमें इसके पत्र का रस बनाकर उसका स्वरस पीना चाहिए और इसके छाल का महीन चून बनाकर हमें लेप करना चाहिए पित्तज कास की समस्या में हमें इसके गोंद को चूसना चाहिए और इसके सुरस का सेवन करना चाहिए जलोदर की समस्या हो तो इसके छाल के क्वात का सत् घन स्वरूप तैयार कर लेना चाहिए घन स्वरूप का मतलब होता है इसके डिकॉक्शन को कंसंट्रेट करके जब वो बहुत गाढ़ा हो जाता है तो इसकी हमें गोलियां बना लेनी चाहिए दिन में दो से तीन बार हमें उसका सेवन करना है जलोदर की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है इसके अंदर एंथलमेंटिक प्रॉपर्टी होती है हर प्रकार के बॉम्स को शरीर से बाहर निकाल देता है इसके साथ साथ यह एंटीवायरल पोटेंशियल भी है हेपेटाइटिस सी और एच जैसे घातक रोगों में भी यह इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती है पशुओं में एक वायरल डिसीज़ जो होती है फुट एंड माउथ डिसीज़ उस केस में इसकी छाल का डिकोक्शन बनाकर गुड़ के साथ पिला देना चाहिए फूफ जो पशुओं के होते हैं उसमें रॉट सड़ने जैसी बीमारी हो जाती है उस केस में भी यह विशेष फ़ायदा करता है कई बार केटल का जो गर्भाशय है वो बाहर आ जाता है मसल्स की वीकनेस के कारण प्रोलैप्स हो जाता है तो उस केस में भी इसका हमें डिकॉक्शन मिलाकर पशुओं को पिलाना चाहिए विशेष लाभ करता है फिर मिलेंगे एक नए औषधीय पौधे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद